माय न्यू आई मस्त कैसे आप आप हम आपको न्यू न्यू ब्लॉग दिखाते रहेंगे और ये चलते हैं घूम एक, एक मंदिर पड़ गया मंदिर पहले दर्शन कर लेते हैं और इधर हम आए अपने दोस्तों के साथ और ये भाई और ये हैं दोस्त मेरे सोनू सोनू सागर और इधर पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं इधर मंदिर का कुछ ऐसा नजारा है इधर पार्टी में तो गाड़ी चली रही है इस चक्कर करते हैं आप ऐसे ही घुमाएंगे और नई नई लोग आज से दिखाते रहेंगे मेरा नाम है आयुष अपना चैनल का नाम नाम अपने कमेंट में बताना कैसा लगा ये आपको बोलो कल और अच्छे जगह लेके जाएंगे और अच्छा अच्छा दिखाते रहेंगे तो तो करें और शेयर कर थोके, थोके। और जो दिख रहा है, उसको ज़्यादा कुछ खास कुछ नहीं है और इधर से इधर से ऐसा ही कुछ एरिया चल दिखता है और इधर ही अपना घर है हम गए घूमने आए हैं कुछ हमने हन, हमने चाचा ने कुछ आजा घूम चल रहा है हाँ मैंने आपको नाम नहीं बताया था मेरा नाम है आयुष मैंने सात साल की उम्र में आया हूँ चाचा के संग बनाया हूँ ब्लॉक चाचा पकड़े हैं मैं